मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा आज ये हिंदुस्तान में क्या शायद पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम से वाटिका बनी है मेरी बेटियों ने कई जगह पेड़ लगाए हैं उन्होंने कहा बेटियों के सम्मान से बढ़कर और कोई दूसरा सम्मान नहीं है और बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो देश और प्रदेश कभी सुखी नहीं रह सकता उन्होंने कहा अब हर एक जिले में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी पद का लोकार्पण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम से हो लाडली लक्ष्मी वाटिका ये सभी बावन जिलों में हुआ है बाद में इस वाटिका को जिलों के नीचे भी ले जाया जाएगा शिवराज सिंह चौहान ने कहा की आज ये हिंदुस्तान में क्या शायद पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा होगा की लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम से वाटिका बनी है मेरी बेटियों ने कई जगह पेड़ लगाए हैं आज ये हिंदुस्तान में क्या शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि लाडली लक्ष्मियों के नाम से मेरी बेटियों के नाम से बाटिका बनी है जहां पेड़ लगाए जाएंगे मेरी बेटियों ने कई जगह पेड़ लगाए एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम लाड़ी लक्ष्मी बाटिका सभी बावन जिलों में हुआ है और बाद में जिलों के नीचे भी ले जाएंगे बाटिका को शिवराज सिंह ने कहा बड़े लोगों के नाम से महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी मैंने कहा मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएंगी देश का भविष्य गढ़ेंगी। ये बहुत आगे बढ़ेंगी इसलिए एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी रोड रख दिया जाए उन्होंने कहा भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे को लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा जिसमे ये स्मार्ट पार्क भी आता है जहाँ मैं रोज पेड़ लगाता हूँ ये स्मार्ट रोड था मैंने कहा यह स्मार्ट रोड नहीं होगा ये लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा कि बड़े लोगों के नाम से महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी तो मैंने कहा मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएंगी देश का भविष्य गढ़ेंगी ये बहुत आगे बढ़ेंगी और इसलिए एक रोड का नाम लाड़ली लक्ष्मी रोड रख दिया जाए लाड़ली लक्ष्मी पथ रख दिया जाए और आज हमने ये भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक जिसमें यहां भोपाल में स्पार्ट पार्क भी आता है जहां मैं रोज पेड़ लगाता हूं यह स्पार्ट रोड था स्मार्ट रोड नहीं होगा ये तो लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा लाडली लक्ष्मी पथ कहा जाएगा आज मेरी बेटियों के नाम पर पथ का नाम ये शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा बेटी के नाम पर रोड का नाम होगा दोनों तरफ लाडली लक्ष्मी योजना का प्रचार प्रसार होगा बेटियों के सशक्तिकरण की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा शिवराज ने कहा ये लाडली लक्ष्मी पथ इसलिए क्योंकि मुझे लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था क्यूँकी बेटियों के सम्मान से बढ़कर कोई और दूसरा सम्मान नहीं है यह शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा बेटियों के नाम पर रोड का नाम दोनों तरफ लाडली लक्ष्मी योजनाओं का प्रचार प्रसार उसके लाभ और दोनों तरफ बेटियों के सशक्तिकरण की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा और यह लाडली लक्ष्मी पथ इसलिए कि मुझे लालली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था क्योंकि बेटियों के सम्मान से बड़ा और कोई दूसरा सम्मान नहीं है और बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो कभी भी देश सुखी नहीं रह सकता प्रदेश सुखी नहीं रह सकता